आपका पुनः स्वागत है पीटी मानचित्र समझने के बाद जब फेस परिवर्तन रेखाएं दी गई हो फेस परिवर्तन समझा जा सकता है आइए अब हम वो फेस बदलाव के प्रोसेस देखें जो कि तब होते हैं जब फेस सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से बाफ में बदलता है तो यहां आप देखेंगे कि मैंने एक पीटी मानचित्र रेखांकित किया है जिसमें वाय टेढ़ा मेढ़ा है जैसे कि मैंने पहले संकेत किया था और मैंने दाई ओर एक त्रिकोण दर्शाया था और मैंने इसकी तीन बाजुओं पर सॉलिड लिक्विड और गैस फेजेस रखे हैं और अब मैं आपको सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से बाफ़ और सॉलिड से बाफ़ के दौरान के फेज बदलाव प्रोसेस दिखाना चाहता हूं और इन प्रोसेसों के अलग अलग नाम क्या हैं आप में से मुख्यतः लोगों को पता है तो हमें पता है इस टेढ़े मेढ़े वाय में या इस पीटी मानचित्र में सॉलिड यहां है लिक्विड यहां है और वाफ यहां है उसी तरह मैंने इन जगहों पर त्रिकोण के बाजुओं पर सॉलिड लिक्विड और गैस दिखाए हैं ठीक है अब हम सॉलिड से लिक्विड फेज बदलाव प्रोसेस देखते हैं तो एक पॉइंट सॉलिड रीजन में है दूसरा पॉइंट लिक्विड रीजन में है और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यह फेज बदलाव होगा अगर मैं सॉलिड से लिक्विड रीजन तक टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो यह प्रोसेस होता है और हमें पता है कि इसे मेल्टिंग कहते हैं ठीक है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होगा और यह प्रोसेस इस एस एल सेचुरेशन रेखा के आर पार होगा जिसके दौरान लेटेंट गर्मी अस्तित्व में होगी और दाई और मैंने यह सॉलिड से लिक्विड में दर्शाया है और यह प्रोसेस ऐसा दिखता है और यदि मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर घटाऊं, यह सॉलिड होने लगेगा तो यह मेल्टिंग का विपरीत प्रोसेस है और हम इसे फ्रीजिंग कहते हैं फिर से यह प्रोसेस इस एस एल सैचुरेशन रेखा सॉलिड से लिक्विड सैचुरेशन रेखा के आरपार होगा मेल्टिंग और फ्रीजिंग दो विपरीत प्रोसेस हैं, जो इस त्रिकोण में भी दर्शाए गए हैं आइए अब हम लिक्विड से बांफ के फेस में बदलाव देखें आप सब यह प्रोसेस अच्छी तरह से जानते हैं हम केवल इन प्रोसेसेस का नामकरण कर रहे हैं जो कि प्रामाणिक प्रोसेस है तो यह लिक्विड से बाफ में फेस बदलाव का प्रोसेस तब होगा जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़े और इसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं फिर से मैंने इसे त्रिकोण पर दर्शाया है लिक्विड से गैस या लिक्विड से बाफ फेस में बदलाव का प्रोसेस और अब अगर मैं यहां बाफ लू और मैं इस बाफ का टेम्परेचर घटाऊ यह बाफ लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी और वेपराइजेशन के इस विपरीत प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं ठीक है तो फिर से हमारे पास लिक्विड से गैस या लिक्विड से गैस फेज के बदलाव में दो विपरीत प्रोसेस हैं वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। आइए अब हम सॉलिड से बाफ के फेज बदलाव प्रोसेस को देखें अगर यह पॉइंट कम प्रेशर और कम टेम्परेचर रीजन में है और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं सॉलिड सीधा बाफ में बदल जाएगा और जैसे कि आप सब जानते हैं इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं तो सॉलिड से बाफ फेज में बदलाव इस एसवी फेज बदलाव रेखा के आर पार या एसवी सेचुरेशन रेखा के आर पार होगा और इसका विपरीत होगा जिसे हम डिसब्लिमेशन कहते हैं तो यह प्रोसेस हमने यहां इस त्रिकोण पर भी दर्शाया है सॉलिड से गैस या सॉलिड से बाफ जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं और इसका विपरीत है डिसब्लिमेशन तो यह सब फेज बदलाव के प्रोसेस इन फेज बदलाव रेखाओं के आरपार होते हैं सॉलिड लिक्विड लिक्विड बांफ और सॉलिड बांफ की यह तीन रेखाएं जो कि इस टेड़े मेढ़े वाई की रेखाएं हैं तो मैंने यहां तीन प्रोसेस दर्शाए हैं मेल्टिंग फ्रीजिंग वेपराइजेशन, कंडेंसेशन सब्लिमेशन डिसब्लिमेशन जो कि कर्मानुसार सॉलिड से लिक्विड लिक्विड से बाफ और सॉलिड से बाफ रीजन में होते हैं हम ये सब इस त्रिकोण में भी देख सकते हैं पर यह समझना जरूरी है कि यह प्रोसेस इन फेज बदलाव रेखाओं के आरपार होते हैं जो कि सीमांकन की हुई है यह सभी फेज बदलाव प्रोसेस में बदलाव के दौरान लेटेंट गर्मी शामिल होती है और इन सब फेज बदलावों में हम दो फेज मिश्रण की उपस्थिति से गुजरते हैं जैसे कि हमने पानी के फेज मानचित्र से देखा